नमस्कार मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खालिस्तान समर्थक और आईएसआई के हैंडलर भगोड़े अमृतपाल सिंह पुलिस के लिए अभी भी पहेली बना हुआ है पिछले तेरह दिनों से पंजाब पुलिस अमृतपाल को ढूंढने के लिए अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है तो साथ ही कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है लेकिन अमृतपाल का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है और इसी बीच बुधवार को अमृतपाल सिंह ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर सीधे पुलिस और पंजाब सरकार को चुनौती दी है लंदन से जारी हुए इस वीडियो के जरिए अमृतपाल पंजाब के लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रहा है पुलिस सोर्सेस का यह भी कहना है कि हरियाणा दिल्ली यूपी में फरारी काटने के बाद अमृतपाल एक बार फिर से पंजाब लौट कर आया है वो सरेंडर करने की फिराक में है इसके लिए गुरुद्वारे की तलाश भी कर रहा है जहाँ वो पुलिस के सामने सरेंडर कर सके वही तो अमृतपाल के पंजाब वापस लौटने के इनपुट के बाद पुलिस एक बार फिर अलर्ट में है जगह जगह छापेमार कार्रवाई चल रही है और अमृतसर स्वर्ण मंदिर के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है लेकिन अभी भी अमृतपाल पुलिस की पकड़ से दूर है फरारी के बारह दिन बाद अमृतपाल का ये सबसे नया वीडियो है अमृतपाल सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके पंजाब पुलिस को खुलेआम धमकी दे रहा है अमृतपाल पुलिस को चुनौती दे रहा है बोल रहा है कि उसका कोई पाल भी बांका नहीं कर सकता इस वीडियो को जारी करके अमृतपाल ने एक बार फिर पंजाब पुलिस को चैलेंज कर दिया है अमृतपाल ने जो वीडियो सोशल मीडिया में जारी किया उसमें अपने सरेंडर के बदले पुलिस के सामने तीन शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, पुलिस गिरफ्तारी को सरेंडर दिखाए, दूसरी शर्त उसे पंजाब की जेल में रखा जाए शर्त नंबर तीन जेल में उसके साथ मारपीट ना की जाए भगोड़े अमृतपाल ने जो नया वीडियो जारी किया है उसमें उसकी नई चाल नजर आती है वीडियो जारी करके अमृतपाल सिखों को भड़काने की नई चाल चल रहा है पुलिस और सरकार को चैलेंज कर रहा है दुनिया भर में लोगों को धर्म के नाम पर उकसाना चाहता है, गुरुओं से मदद की अपील करके खुद को बचाना चाहता है खालिस्तानियों का साथ मांग रहा है, जिसमें वो आईएसआई के प्लान पर काम कर सके सरकार पर विवादित बोल से उसकी मंशा साफ है वीडियो में अमृतपाल की शर्त सामने आने के बाद अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह ने भी साफ कर दिया अमृतपाल अगर सरेंडर करना चाहता है तो करे पुलिस कानून के मुताबिक ही काम करेगी वो आके सरेंडर करना चाहते हैं तो उनका मन है आ, नहीं मेरे साथ उनका कोई ऐसा रास्ता नहीं है ना उनकी तरफ से ऐसी कोई मांग हमारे सामने पुटअप की गई है लेकिन उनकी मांग के बिना ही मैं इस बात के बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको उनको बाइजत जो एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही ट्रीट किया जाएगा ये एक निर्धारित प्रक्रिया है पुलिस की जो कानून के तहत अमल में लाई जाती है वही होगा किसी प्रकार का दुर्व्यवहार भेदभाव या वित नहीं किया जाएगा सूत्रों के माने तो अमृतपाल का वीडियो एक दो दिन पुराना है और यूपी के लखीमपुर खीरी ऐसी शूट किया गया है ये वीडियो ब्रिटेन के हैंडल ऐसी जारी किया गया था भारत सरकार के शिकायत के बाद उस यूट्यूब अकाउंट को पैन कर दिया गया है जिसने अमृतपाल का वीडियो लाइव दिखाया था वही अमृतपाल की लोकेशन एक बार फिर पंजाब में मिली है मंगलवार की रात पंजाब पुलिस को सुराग मिला कि अमृतपाल में देखा गया है पंजाब पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी पुलिस फुल एक्शन में आ गई चारों तरफ से घेराबंदी की गयी फगवाड़ा ऐसी सैतीस किलोमीटर तक पीछा किया गया लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अमृतपाल ने पुलिस को चकमा दे दिया पंजाब पुलिस की की काउंटर इंटेलिजेंस टीम को ये भनक लगती है, है, है सूचना मिलती मिलती उनको लीड मिलती है कि अमृतपाल फगवाड़ा होशियारपुर रोड पर कहीं जा रहा है किसी से मिलने जा रहा है उसके बाद फगवाड़ा से चेंज करना शुरू किया पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम में और उसके बाद वो इस गाँव में जा सा। ये सामने आप देख सकते हैं ये दरवाजा है और यहीं से दरवाजे से पहले वो दीवार फांते हैं उसके बाद इसी दरवाजे से वो बाहर इस तरफ तरह क्योंकि एकदम दूर दूर तक तो आपको ऐसे में मुश्किल और काउंटर इंटेलिजेंस की टीम के सामने ये है की वो अमृतपाल को कैसे पकड़े सूत्रों की माने तो अमृतपाल स्कॉर्पियो से पंजाब के फगवाड़ा पहुंचा था फिर इनोवा कार लेकर मरनाइया खुर्दगा उसके साथ एक शख्स और भी था पुलिस ने इनोवा कार का पीछा भी किया लेकिन दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे बुधवार को जलंधर के पास कपूरथला में उत्तराखंड नंबर की एक लावारिश स्कॉर्पियो गाड़ी मिली पुलिस ने इस गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी में अमृतपाल था और यहाँ स्कॉर्पियो खड़ी करके अमृतपाल इनोवा ऐसी होशियारपुर के लिए निकल पड़ा जहाँ फगवाड़ा में पुलिस ने उसका पीछा किया था जलंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पीछे एक धार्मिक स्थल के पास कपूरथला इलाके में अमृतपाल द्वारा इस्तेमाल की गई यूके नंबर की एक स्कॉर्पियो कार मिलने से हड़कम बचा है और जो आशंका जताई जा रही है जो सोर्सिस बता रहे हैं कि ये इसी नंबर की जो स्कॉर्पियो थी यू नंबर की जो स्कॉर्पियो थी इसी से अमृतपाल जो था इस धार्मिक स्थल पर पहुंचा था और यहाँ पर ये लवारी हालत में खड़ी मिली है और इसके बाद स्कॉर्पियो यहाँ छोड़कर अमृतपाल इनोवा से होशियारपुर की तरफ निकला अठारह मार्च ऐसी फरार अमृतपाल अब तक कई गाड़िया और लिबास बदल चुका है उसके कई सीसीटीवी फुटेज और फोटो सामने आ चुके हैं वो हरियाणा यूपी और दिल्ली में अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग वेश में दिखा कई शहरों में इसके होने की खबर आ चुकी है लेकिन अभी तक अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है पंजाब पुलिस पांच राज्यों की खाक छान चुकी है लेकिन अमृतपाल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला इस बीच सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके अमृतपाल खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा